जा फिर के सब की बोली बाणी में बल शाया गाज माना कांडी में कोई सेवा को दुनिया में टोटो तो तो चे पानी जितरो घेर हुए जिते रो बा खोटो चे जिते रोई बाद the जुग में लाडली दिखे दारू चे गहरा पानी में दस जाव जी कोई ना नाम से प्यार प्रेम काक सिर रजे तो नावड़ा कौन गहरा पानी में उतरिया जे ओढ़ा बावड़िया कोने निर्देशक विष्णु मीणा पीपड़ी पाथड़वास जिनके मोबाइल नंबर पिछयान बजे तक तीन सौ तीस दो सौ तीन इस एल्बम के सुपरस्टार स्टार गायक कलाकार विष्णु मीणा पीपड़ी पाथड़वास बत्तीलाल मीणा शाहजानपुरा दान के और बर्तलाल उदयपुरिया नशो कोख खो व वेद पुराण खिया कोई कोई अतरा गाय दुश्राम मरना हो गया मरना हो गया माराम नशों को खून वेद पुराण ख गया कोई कोई अतरा से गाय देव तब पानी में अरे कोई कोई अण जानिया में दशात कोई चलार दशात रे कोई चलार दशा दस गो बाल मेके पाणी में जी को नाल तेरे जी को नाल ते रामायण की बात आवत तो डोर हाल तेरे दस गो बाल में पानी ये है के जवाब बात मन में जाने को रे काम को कर कोकर कोई कोई रूप पानी पा को। कोई, रू, कोई कोई रूप पाने को ती को देखी मैं पहला चीती मैं। कोई कोई, मैं, कोई कोई मैं कोई कोई भगती रस मैं दसगा कोई कोई कूड़ नी थी मैं कोई कोई कूड़ नी मैं